छतरपुर में चल रहे अखिल भारतीय मेला वीक क्रिकेट टूर्नामेंट में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हो गया बताया जा रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित के समर्थक और नगर पालिका उपाध्यक्ष दौलत तिवारी के बीच जमकर गाली गलोच और हाथापाई हुई इस पर बीजेपी नेताओं ने जमकर चटकारे लगाए छतरपुर के नौगांव में अखिल भारतीय मेला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था इस दौरान कांग्रेस नेताओं में जमकर विवाद हो गया दरअसल जैसे ही विधायक स्टेडियम में पहुंचे तो अनाउंस करने वाला लगातार विधायक के आने का अनाउंस कर रहा था जिस पर कांग्रेस नेता नगरपालिका उपाध्यक्ष दौलत तिवारी ने आपत्ति उठाई इसी बात पर विधायक समर्थक और दौलत तिवारी के बीच तूतुमे में शुरू हो गई और देखते ही देखते तूतुमे में गाली गलौज तक पहुंच गई और विधायक समर्थक व नगर उपाध्यक्ष समर्थक आपस में उलझ गए और हाथापाई भी हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ बता दें कांग्रेस विधायक और नगर पालिका उपाध्यक्ष के बीच नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के दौरान से ही आपस में विवाद चल रहा है इसी मैच के दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे लेकिन जिस तरह कांग्रेस के दो गुट आपस में उलझे उस पर बीजेपी नेता जमकर चटकारे ले रहे हैं जे आज जैसे हम लोग पहुंचे तो जो एक द, एक द्वार था जाने का उसी द्वार से सभी अतिथि लोग जा रहे थे और आराम से बैठ रहे थे तो अपन ने देखा के जैसे बैठे थे जहाँ पे वहाँ से विधायक जी बीच से फील्ड से अपने बाजी बजाते हुए उधर से सीधे चले आए पीछे पीछे तो जैसे ही आये, वो आए वो इधर उनका अलाउंसर कोई बेग वहाँ बैठा था तो वो बार बार विधायक जी को कमेंट कौम, ही छोड़कर विधायक जी को निशाना बनाने लगा तो उधर ही एक अपने कांग्रेस की अच्छे नेता हैं कहा जाए तो ये अपने नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं तो वो नीचे गए हमारे साथ ही बैठे थे तो नीचे गए तो उन तरह से नहीं होना चाहिए तो वहाँ आपसी में इतनी इतना धुंद होगा कि झीकाई झपटी हो गई दोनों की वहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनका चित्रण आज यहाँ देखने को मिलता है किस चर किस चित्रण के आदमी है कैसे अपना चरित्र निखारेंगे जो जनता ने सब सब नहीं देखा पचास हजार लोग थे उस फील्ड में जब इनका दोनों में आपसी में भ्रंत हुई दोनों में मारपीट भी हो गई इतनी गंदी हरकत के बावजूद भी मतलब उनको सोचना चाहिए कि बहुत गलत मैसेज जाता है इसको हम बहुत निंदा के पात्र हैं बोले ये तो फाइनली ही मान लो कि ये ऊपर से नीचे तक कांग्रेस में विद्रोह है और यहाँ छतरपुर में तो जी में किसी प्रकार की कहीं कोई है ही नहीं तो यहाँ तो विद्रोह की कोई सीमा ही नहीं है यहाँ कहीं भी एक भी सीट भाजपा उनके खाते में नहीं जाने देगी सभी अपने खाते में लेगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है